कैसे अब सब आयू सब बढ़िया हुए तो मैं आज आपको बताना बता रहे बैकग्राउंड एज कैसे करना है वो भी वन क्लिक में तो आज मैं आपको एक ऐप बताऊंगा जिसका नाम है रिमूव बीजी उस ऐप के लिख मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा तो मैं अभी ओपन कर लेता हूं ऐप ओपन करने के बाद हमें ऐसा एस इंटरफेस मिलेगा उसमें आपको क्या करना है अपलोड इमेज करना है खुद की आप देख सकते हैं आपका फोटो अपलोडिंग हो रहा है अब देख सकते हैं अभी आपकी ओरिजिनल फोटो थी ये वाली तो अभी इस फोटो को डाउनलोड कर लेना आप गैलरी में तो आप देख सकते हैं इसमें रिमूव अच्छा हो सकता है बैकग्राउंड इमेज अच्छा हो चुका है हेयर में तो साथ सब सबसे ज़्यादा तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना